सो हेलो एवरीबडी कैसे आप सब आई हो पछ्छी होंगे मैं के पी आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों तो देख सकते हैं ये है दुहाई आरआरटीएस स्टेशन तो अभी देख सकते हैं इस पे काम चल रहा है इस पे ये गाटर डालने का काम चल रहा है फिर इसके बाद में फ्लोर किया जाएगा फिर ये तैयार हो जाएगा तो यही वर्ग चल रहा है तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं पूरा नज़ारा तो आज मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा दुहाई स्टेशन ले तक लेके और गुलडर के स्टेशन तक तो वहाँ पर कितना कुछ काम हो चुका है वो आप लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों तो बने रहिए के के साथ मोर दिखाते हैं और आपको इंटरटेन करते हैं तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर सेफ्टी बोर्ड नहीं हटाए गए हैं सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं क्योंकि ऊपर बर्क चल रहा है और ऊपर बर्क चल रहा है अभी ट्रैक स्लेब डाले जा रहे हैं ट्रैक बिछाया जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी की लाइन बिछाई जा रही है यही बर्क चल रहा है अभी दोहाई के स्टेशन तक तो देख सकते हैं तस्वीरें कि तो ये आने वाला है दोहाई का स्टेशन और फिर आप लोगों को दोनों साइड से दिखाते हैं और फिर उसके बाद में चलते हैं गुलडहर का स्टेशन दिखाते हैं और फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा तो बने रहिए और ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता हूं तो तस्वीरें आप अभी आप लोगों को दिखाते हैं और बताते भी हैं कि यहां पर दोहाई के स्टेशन पर कितना कुछ वर्क कम्प्लीट हो चुका है अब तक का देखेंगे तो देख सकते हैं अभी जो लेफ़्ट वाली लाइन है जो डिपो के लिए जा रही है तो वहाँ पर अभी देख सकते हैं ये गाटर रखे जा रहे हैं और गाटर रखे जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है और इन पर फ्लोरिंग हो जाने के बाद में इस पर पे पैराफिट बॉल बनाए जाएंगे फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के खम्भे लगाए जाएंगे और खम्बे लग जाने के बाद में खम्बे के ऊपर ओवर हेड लगाया जाएगा और उसके बाद में लास्ट में इस पे ट्रैक स्लेब बिछाए जाएंगे ट्रैक डाला जाएगा और इसी तरीके से फिर ओवरहेड वायरिंग इस पर लगाई जानी है दोस्तों तो देख सकते हैं ये है सारा नज़ारा अभी दोहाई स्टेशन दिल्ली मेरठ ट्रर टी जो बनाया जा रहा है तीस हज़ार दो सौ चौहत्तर करोड़ की लागत से ये पूरे कॉरीडोर को बनाया जा रहा है बयासी किलोमीटर का रूट है और इस पर सन दो के मार्च में पहली बार रैपिड रेल चलाई जाएगी दोस्तों और वो चलाई जाएगी साहिबाबाद से लेकर और दुहाई तक यहीं तक जहाँ का आप अभी व्यू देख रहे हो ये दोहाई के अंदर अब दोहाई डिपो के अंदर अभी दो रैपिड रेल आ चुकी हैं और वो उनका ट्रायल रन चल रहा है डिपो के अंदर ही तो आप लोगों को दोनों साइड से दिखाते हैं और देख सकते हैं अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है दोनों साइड में ये फ्लोर बनाया जा रहा है क्योंकि इस पे गाटर लॉन्चिंग तो की कर दी गई है और अब ये फ्लोरिंग का काम चल रहा है इस पर और फिर पैराफिट बॉल बनाई जाएंगे साइड में और पैराफिट बॉल बनने के जान में और फिर इस पर काम चलने लग गया तो अभी आपको बता दें किस पर ट्रैक स्लेब भी नहीं डाले गए हैं वो भी ट्रैक स्लेब भी डाले जाएंगे तो अभी इस पे फिनिशिंग का काम हो रहा है कहीं कहीं कहीं कहीं इस पे फ्लोरिंग का काम चल रहा है यही वर्क चल रहा है अभी और इनके ये जो खम्भे के डबल वो बनाते हैं वो भी अभी भरे जा रहे हैं दोस्तों वो भर जाने के बाद में फिर इस पर काम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया जाएगा तो यही नज़ारा चल रहा है अभी तो अभी आप लोगों को आगे से भी दिखाएंगे तो देख सकते हैं ये सेटिंग लगी हुई है क्योंकि ये ऊपर फ्लोर की फ्लोरिंग का काम चल रहा है ये लेफ्ट वाले ट्रैक की साइड में जो है के अंदर जाएगा उसी पर सारा वर्क चल रहा है क्योंकि ये उस पर गाटर डाले गए तो जब गाटर डाले जाते हैं तब ज़्यादा लंबा काम हो जाता है और अगर इस पर जो लॉन्चर द्वारा ये एक प्लर से दूसरे प्लर को कनेक्ट किया जाता है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लेकिन जब गाटर डाले जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको तो बता दूं कि आने वाले टाइम में हमारे भविष्य को और भी अच्छा बनाया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी एक शहर की दूसरे शहर में कनेक्टिविटी अच्छी हो सके इसलिए ये पहली बार इंडिया लेब्स रैपिड रेल चलाई जा रही है हमारे भारत में और ये मेड इन इंडिया लैस है दोस्तों और ये गुजरात के सामले से यहाँ पर इसका इसकी मैन्युफैक्चरिंग और जो बनाई जा रही है रैपिड रेल वो वहीं पे बनाई जा रही है गुजरात के सामने और सामले से ही दो अभी रैपिड रेल आ चुके हैं इस दो डिपो के अंदर दोस्तों उसका मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था और नहीं देखा तो माई बटन में लिंक दे दूँगा आप लोग जा देख लेना तो यहाँ से हम ले लेते हैं यू टर्न और यू टर्न ले आप तो इस साइड का भी नज़ारा देख सकते हैं कि इस साइड में कितना कुछ वर्क चल रहा है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि ये है नज़ारा यहाँ का दुहाई स्टेशन गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया में आता है ये तस्वीर आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते रहता हूं तो देख सकते हैं अभी ये सारे सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं क्योंकि इस पर फिनिशिंग का वर्क चल रहा है और ऊपर ट्रैक थ्रेप डालने का वर्क चल रहा है और इस पर अभी गाटर लॉन्चिंग की जा रही है कहीं कहीं यहाँ पर देखो गाटर लॉन्चिंग अभी की जाएगी फिर इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा तो यही वर्क चल रहा है दुहाई के स्टेशन पर अभी इस टाइम पे प्रेजेंट में अभी यही वर्क चल रहा है दोस्तों तो मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीर आप लोग देख सकते हो क्योंकि ये देख सकते हैं ये इन्होंने बिछाए ये देख सकते हैं ये गाटर इन्होंने रखे हैं देखो एक गाटर रख दिया गया अभी और गाटर रखे जाएंगे इधर भी ये इस स्टेशन पे ये भी गाटर रखे जा रहे हैं इन पर भी अभी फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है इनकी सेटिंग लगा रहे हैं फ्लोरिंग करने के लिए तो वो भी यही काम चल रहा है अभी और साइड में इसका आप आने जाने वालों के लिए भी इधर वो बनाया जा रहा है स्टेयर बनाए जा रहे हैं आने जाने वालों के लिए तो वो आप लोगों को दिखाएंगे कि के कहवे बढ़ाए जा रहे हैं ये थोड़े से निकल के बनाए जा रहे हैं क्योंकि उधर जगह नहीं थी इस वजह से इधर की साइड में ही बना रहे हैं इधर मेरे लेफ़्ट हैंड पे बनाया जा रहा है पीछे ही निकल गया तो आप लोग ऐसे ही वीडियोज़ देखो और एंजॉय करो और मिलते हैं आपको दवाई के स्टेशन पर चल के तो आप लोग इन्जॉय करो ये आ चुका है दोहाई का स्टेशन देख सकते हैं वो सॉरी ये गुलदार का स्टेशन आ चुका है और आपको बता दूं कि पच्चीस स्टेशनों में से पहला स्टेशन ऐसा है जो गुलदार का स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है और इस पर सब कुछ सारा वर्क हो चुका है और आपको बता दूं कि इस पे जो सन बनाने का काम था वो भी बना लिया जा चुका है बिल्कुल कम्प्लीट कर लिया गया है और अभी इस पर ऊपर का काम चल रहा है और ये देखिए ये स्टेयर बनाने का काम चल रहा है देख सकते हैं तस्वीरें क्योंकि ये अंदर जो मेट्रो में बैठोगे अब इसमें क्या नाम है रैपिड रेल में बैठोगे उसके सेफ्टी बोर्ड लगाए जा रहे हैं वो ही काम करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा इसमें बनाया जा रहा है ये तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पिस को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भाई